मैंने जिंदगी से पूछा तो इतना कठिन क्यों है जिंदगी ने हंसकर कहा क्योंकि दुनिया आसान चीजों की की कदर नहीं करती। सच्चाई लड़ाई में अक्सर झूठे जीत जाते हैं हालात सही ना हो तो भी अपने रोट जाते हैं किसी का कच्चा मकान देखकर उससे रिश्ता मत तोड़ना है क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है अक्सर संग मरमर पर पैर फिसल जाते हैं सभी की जिंदगी में मुश्किलें होती हैं और सभी को जीना भी पड़ता है तो मुस्कुरा कर जिए दुखी होकर नहीं आंसू भी आ जाते हैं दर्द छुपाना भी पड़ता है आंसू भी आ जाते हैं दर्द छुपाना भी पड़ता है ये जिंदगी है साहब यहां मुस्कुराना भी पड़ता है गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है बुरे समय में साथ चलने वाले कितने हैं ये बाद का पता चलता है। हौसला मत हार गिरकर, ऐ मुसाफिर हौसला मत हार गिरकर, ऐ मुसाफिर अगर यहाँ दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी किसी ने मुझसे पूछा कि पूरी जिंदगी क्या किया किसी ने मुझसे पूछा कि पूरी जिंदगी क्या किया मैंने हंसकर जवाब दिया मैंने हंसकर जवाब दिया कि किसी के भी साथ मैंने धोखा नहीं किया। समझदार इंसान समझदार इंसान से कुछ मिनट की गई बातें हजारों किताबों पढ़ने से बेहतर होता है खुदा से मौत मांग लेना लेकिन इंसान से मोहब्बत कभी मत मानना किसी की इतनी ही कदर करो जितना वो आपकी करता है बेहिसाब कदर आपका सुकून तबाह कर देगी टूट गया दिल अब सवाल क्या करें टूट गया दिल अब सवाल क्या करें खुद ही किया था पसंद तो बवाल क्या करें बहुत अजीब है ये बंदिशे मोहब्बत की बहुत अजीब है ये बंदिश मोहब्बत की कोई किसी को टूट कर चाह तो कोई चाह कर टूट गया इस दिल की दास्ता भी बड़ी अजीब होती है इस दिल की दास्ता भी बड़ी अजीब होती है बड़ी मुश्किल से इसे खुशी नसीब होती है किसी के पास आने पर खुशी होना हो पर टूट जाने पर वही तकलीफ होती है कभी जज्बात तो कभी यादों को दफन करते हैं कभी आंसू तो कभी दर्द पिया करते हैं क्या खूब तकदीर दी है खुदा ने क्या खूब तकदीर दी है खुदा ने हर रोज मर मर के जिया करते हैं